हाय फ्रेंड्स तो एक नई वीडियो में खुश कहता हूँ आज आप लोग मेरे जैकेट देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ आज मैंने और माशू भाई और आदम के साथ हमने इरादा किया है कि सर्दियों का मौसम है सर्दियाँ बहुत शदीद हैं तो जिसकी वजह से हमने इरादा किया है कि अलखदमत फाउंडेशन की तरफ से हम आज गरीब बच्चों में जो मदरसों में पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो हम उनको जैकेट्स पहुँचाएँगे ताकि वो इन सर्दियों में मैं सर्दियों से महफूज रहें और उनके तालीम का सिलसिला इसी तरह से जारी रहे और इसके बाद इंशाल्लाह अगर मजीद शर्सियाँ और जैकेट्स हमारे पास रही तो मजीद लोगों में तकसीम करेंगे ये हमें एक डोनर की तरफ से मिले हैं जिसने डोनेट किए हैं और हम गरीब लोगों में तकसीम करना चाहते हैं अगर आप लोग भी इस तरह से लोगों का हेल्प करना चाहते हैं तो अलखदमत फाउंडेशन से रबता करें आपकी चीज़ें गरीब मुस्कों तक आ, पहुंच जाएंगी आ, दोस्तों अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा करें और ये जैकेट्स हमारे पास है जैकेट हैं जो बहुत ही सस्ते हर जगह पे हर शहर में मिलते हैं तो आपको इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा गरीब लोग इस महंगाई के दौर में सर्दी से बच सकते हैं शुक्रिया दस्तूर खिदमत मशहूर खिदमत छोटे खिदमत सब दोस्तों इन सर्दियों में अगर आप लोग 500 या हज़ार रुपये ख़र्च करते हैं तो आप लोगों का कुछ नहीं जाता पर ये गरीब लोग बीमारियों से बचेंगे और सर्दी से बचेंगे और आपको दुआएं देंगे और इनका तालीम ऐसे ही जारी रहेगा आप ख़ुद भी कोशिश करें और, और दूसरों को भी इसका कहें यहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं जो बहुत ही खुश हैं इन बच्चों की खुशी के खातिर वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कितने खुश हैं तकरीबन ये जैकेट्स आपको 50 सौ तीस चालीस में मिल जाएंगी आपके पास या करीब जितने भी गरीब यतीम बच्चे हैं उनमें इन सर्दियों में जैकेट्स तकसीम करें और ख़ुशियाँ बांटें देने वाले बन जाएं लेने वाले ना बन जाएं और आखिर में खुदा हाफ और मेरे वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें